अपनी दा और रिकॉर्डिंग जीतू भाई बाबा रामदेव स्टूडियो सहयोग करते हुए नारायण सिंह नरसा बना राठौर कर्नौल सिद्धार्थ बोलो बोलो तू तू रूपाला घना घना धीरे ो आपना सोनी सूरत में दिल मेरा